असलमकम दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि आपने खुद का मोबाइल से सी एस सी आई डी कैसे अप्लाई करे क्योंकि सी द्वारा बहुत सारा सुविधा का लाभ उठा सकते हो सरकार सरकार द्वारा जो भी काम निकलता है वो आप CSC ID द्वारा ही काम कर सकते हो जैसे योज क्या आयुष्मान योजना कार्ड और लेबर कार्ड जो कि इस रम से निकला हुआ है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो वो भी सी के द्वारा ठीक है तो अपने मोबाइल से सी एस सी आई लेने के लिए सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम में जाना है तो उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च कर देना है सी एस सी ठीक है सी एस सी देखिएगा पहले में आ रहा है सी एस रजिस्ट्रेशन सर्च कर देना है उसके बाद आप ये देखिए मेरा थोड़ा नेट ठीक थी है ठीक है और आपको अपने मोबाइल का डेस्कटॉप साइड ऑन कर देना है यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन ऑन क्या हुआ मेरा देखिए टीक लगा हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो पहले वाला दिखाई दे रहा है सी एस सी रजिस्ट्रेशन वहाँ पर टैप करना है उसके बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले आपको सी एस सी लेने के लिए यहाँ पर थ्री जो लाइन है न थ्री लाइन वहाँ पर टैप कीजिएगा यहाँ पर अप्लाई देखिए होम है उसके बाद अप्लाई सेकेंड में तो अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन ठीक है तो यहाँ पर आपका दूसरा पेज ओपन हो जाएगा देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन में आपका है सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप यहाँ पर टैप करके आप ये पाँचों ऑप्शन है तो आपको सी एस सी भी एल ई द्वारा रजिस्ट्रेशन करना है तो सी एस सी भी एल ई को क्लिक करके यहाँ पर देखिए सेकेंड में मांगा जा रहा है आपको टी सर्टिफिकेट्स नंबर तो आपके पास टी ई सी सर्टिफिकेट नंबर तो है नहीं तो इस टी ए सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर थ्री लाइन पर ही टैप करना है उसके बाद जहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं होम और अप्लाई दूसरा दूसरा नंबर पर अप्लाई का ऑप्शन है वहाँ पर टैप कीजिएगा और नीचे लास्ट वाला टी ई सर्टिफिकेट्स ठीक है वहाँ पर टैप कीजिएगा तो आपका ये दूसरे दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा ठीक है तो ये पेज देखिए ओपन हो रहा है दोस्तों सी एस सी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको टी ई सी सर्टिफिकेट्स लेना होता है तो यहाँ पर यह पेज ओपन हो चुका है तो यहाँ पर लॉग इन वित्स पर क्लिक कीजिएगा ठीक है वहाँ पर लॉग इन वित्स पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर उठाना है देखिए यहाँ पर एक वो है लॉगिन विद सी एस सी कनेक्ट और यहाँ पर लॉग और रजिस्टर तो आपके पास तो कोई भी सर्टिफिकेट अभी तो फिलहाल है नहीं और आप नया नया रजिस्टर करना चाहते हो तो यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा ठीक है तो ये रजिस्टर का पेज खुल गया देख सकते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये फॉर्म फिल करना है तो सबसे पहले आपका नाम उसके बाद मोबाइल नंबर याद रखिएगा दोस्तों आपको वही मोबाइल नंबर इंटर करना है जो आप इस साइट में कभी पहले नहीं दिए हुए हो बिल्कुल नया फ्रेश नंबर होना चाहिए ठीक है क्योंकि मतलब वो नंबर आप सी में अप्लाई नहीं किए होंगे वही वाला नंबर दीजिए क्योंकि जो आप सी में अप्लाई कर चुके होंगे तो ये वाला अप्लाई नहीं लेगा आपको न्यू एंड फ्रेश नंबर देना है उसके बाद ई मेल देना होगा आपको फादर नेम देना है या फिर मदर नेम या फिर आपका पाउस नेम ठीक है उसके बाद स्टेट अपना सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है एड्रेस देना है जेंडर सेलेक्ट कर देना है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना है उसके बाद यहाँ पर अपलोड स्टूडेंट फोटो यहाँ पर जिसका भी आप सी बनाना चाहते हो चाहे आपका हो या आपका दोस्त का वहाँ पर चूज़ फाइल पे जा कर आपका अप, अपना फ़ोटो या फिर दोस्त का फ़ोटो जिसका भी बनाना चाहते हो उसका फ़ोटो सेलेक्ट करके और याद रखिएगा दोस्तों जो कि आप फोटो सेलेक्ट करोगे वो पाँच सौ से नीचे होना चाहिए और जे पी फॉर्मेट और पी एन फॉर्मेट में होना चाहिए मैं फटाफट से ये फॉर्म फिल कर दे रहा हूँ ठीक है उसके बाद आपको कैप्चर फिल कर देना है फिल करने के बाद सबमिट कर दे उसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस पेज पर पेमेंट पेज पर ठीक है उसके बाद आपको पे कर देना है पैसा यहाँ से ठीक है दोस्तों आप फॉर्म फिल करने के बाद आपको ये पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ से पेमेंट पे कर देना है ठीक है आपको यहाँ पर कार्ड नंबर दे देना है उसके बाद एक्सपायरी डेट सी कोड आप कोई भी कार्ड से पेमेंट कर सकते हो उसके बाद मेक पेमेंट पर पे क्लिक करना है या फिर आप यू द्वारा भी कर सकते हो यू अपना यू पी आई डाल के आप Paytm या फिर भी भीम यू पी आई फ़ोनपे व्हाट्सअप गूगल उसके बाद कोई भी यू से आप पे कर सकते हो अपना यू पी आई आई डाल के मेक पेमेंट पर पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप अपना फ़ोनपे हो जिससे भी आप पैसा पे के या पर डाल दीजिएगा ठीक है आपको डालने के बाद आपका टी सर्टिफिकेट निकल जाएगा जो कि आपके मैसेज में भी आ जाता है या फिर आपको वहीं पर दिखाई शो so दे देता है ठीक है तो फाइनली दोस्तों मैंने अपना पेमेंट कंप्लीट कर चुका हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है दैन आपको ये एक पेज खोल देगा ठीक है ना उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यूज़र नेम जो राइट साइड में है तो यहाँ पर यूज़र नेम आपको एंटर कर देना है जो कि आपका टी नंबर पेमेंट करने के बाद आपका यूज़र नेम सो हो जाता है जो टी ई से शुरू होता है और आपका पासवर्ड जो कि आपका मोबाइल नंबर होता है उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है ठीक है देख सकते हो दोस्तों मेरा टीसी पेज खोल गया है तो ये सब काम करने के बाद थोड़ा मेरा नेट अभी स्लो चल रहा है दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स हो जाएगा तो यहाँ पर आप यहाँ पर एग्ज़ाम भी दे सकते हो ठीक है मैं अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अभी टीसी नंबर ज़रूरत था यहाँ पर यहाँ से आपको टीसी नंबर कॉपी कर लेना है उसके बाद में आप इसको एग्ज़ाम दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते कोई बात फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ से टीसी लेकिन मेरा मानना है कि आप बाद में एग्ज़ाम दे रही दो ठीक है ना तो यहाँ से टी नंबर कंप्लीट करने के बाद आपको रिटर्न वही पेज पर जाना है जो सी एस था ठीक है ना रजिस्टर डॉट वही पेज में आ गए उसके बाद आपको यहाँ पर सी एस सी वैली क्लिक कर देना है ठीक है सी एस सी वैली क्लिक कर देना है थोड़ा पेज रिफ्रेश कर लेता हूँ ठीक है सी एस सी वैली क्लिक करने के बाद नीचे टी ए सी नंबर है तो टी एस सी नंबर क्लिक करके मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिएगा नीचे उसके बाद आपको सबमिट कर देना है ठीक है कैप्चर मैम दोस्तों जो आपने यहाँ पर इंटर किया हुआ पर इस ओटीपी को क्लिक करना ओटीपी डालना है यहाँ पर आपका एंटर मोबाइल ओटीपी नंबर ठीक है उसके बाद नीचे में ईमेल आईडी का ऑप्शन है वहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया उसके बाद कैप्चा भी फिल कर दीजिए उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए ठीक है तो यहाँ पर आपका ईमेल में भी आपका एक ओटीपी जाएगा ठीक है ठीक है, नहीं जो ओटीपी है आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है उसके बाद आपको आईडी का ओटीपी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है देन उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है ठीक है यहाँ पर देख सकते हो मैंने सबमिट पर क्लिक किया उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है ठीक है मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर मेल सिलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है आपको यहाँ पर ठीक है लोकेशन टाइप अगर आप गांव से हो तो रूरल को सेलेक्ट कीजिएगा और अगर आप शहर से हो तो अर्बन पर सेलेक्ट कीजिएगा तो मैं रूरल सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑथेंटिकेशन टाइप पर आप ओटीपी सेलेक्ट कर लीजिए कर लीजिएगा उसके बाद अगैन आपको कैप्चा फिल कर होगा उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर लेना है देन आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा ये सारा डिटेल्स फिल करने के बाद आपको चेक कर लेना है बाद सबमिट पर क्लिक उसके बाद आपको ये पेज इसमें रिडायरेक्ट होगा ठीक है यहाँ पर इसका टर्म टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है आपने ओ टी चूज़ किया है तो ओ पर क्लिक किया हुआ है ठीक है उसके बाद आपको जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करने होगा यहाँ पर आपको अपना ओटीपी डाल देना है जो कि अपना ओटीपी जाएगा देखिए मेरा ओटीपी आ चुका है मैंने ओटीपी कॉपी कर लिया है देने यहाँ पर यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है ओ डाल देने के बाद वैलिड ओ पर क्लिक कर देना ठीक है ठीके? देख सकते हो यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है जी मेल आई मोबाइल नंबर टीसी नंबर वेरीफाइड हो चुका है एप्लीकेंट का इमेज अगेन आपको यहाँ पर डाल देना है जो कि यहाँ पर क्लिक कीजिएगा ठीक है फाइल पर क्लिक कीजिएगा बीस के बीच से ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पर आप अपना फ़ोटो चूज़ कर लोगे दोस्तों तो दोस्तों आपको ये फॉर्म अच्छे से फिल करना है ध्यानपूर्वक करना है कोई गलती भी नहीं करना है मैं फटाफट से फिल कर दे रहा हूँ ठीक है आप हर एक चीज़ जो भी भर रहे हो पूरा ध्यान ध्यानपूर्वक भरी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए मैं फटाफट से भर दे रहा हूँ ठीक है और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं इसी प्रकार का नया नया वीडियो अपलोड करता हो अपने चैनल में और अगर आपको कोई परेशानी या दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात शेयर कर सकते हो ठीक है और कोई भी प्रॉब्लम की वजह से आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो मेरा मेल दिया हुआ है वहीं पर थैंक यू आप देखते रहिए आगे क्या होता है उसके बाद आपको यहाँ पर एक बैंक का पासबुक का फोटो दे देना है ठीक है जो कि आपका तीस केबी से ऊपर हंड्रेड केबी से नीचे होना चाहिए तो मैं अपना बैंक का पासबुक यहाँ पर दे देता हूँ तो, तो तो उसके बाद आपको यहाँ पर इसका टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है टिक कर, करके आपको दोबारा एक बार चेक कर लेना है ठीक है देन आपको यहाँ पर चेक करने के बाद आप यहाँ सारा डिटेल्स चेक करने के बाद आप, आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए ठीक है ये देखिए आपको यहाँ पर बता दिया गया है आपको एप्लीकेंट रेफरेंस नंबर दे दिया गया है आप इस रेफरेंस नंबर को कापी करके रख लीजिए या फिर इसे आप इसक्रीन भी ले सकते हो ये पूरा प्रोसेस आप मोबाइल द्वारा ही कर सकते हो कि देखिए आपके सामने मैंने लाइव किया है कि मैं अपना मोबाइल से ही पूरा सी एस सी आई डी कैसे बनाया जाता है ये सेंटर आपको एक महीने के अंदर आपको सी एस सी द्वारा कॉल आ सकता है या फिर सी एस सी द्वारा मैसेज आ सकता है उस मैसेज में आपका अपना यूज़र आईडी डी यानी सी एस और उसमें पासवर्ड दिया रहेगा आप कुछ दिन तक वेट करेंगे